I try to stay strong and fake a smile until la la goes away but I'm not you till long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away yeah yeah yeah as you fade away Yeah, I'm about to fade away cuz every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong, a thought it can't goes up in my brain all of a sudden. I don't look at anything the same way. Got to build up on my thoughts sitting in a trash tray. I'm sorry that I'm so inconvenient okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby, I've attained all the highs in the lows.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 देख सकते हैं गाइस अभी हम हैं हिंडर रिवर जो कि गाजियाबाद में और ये देखिए एलिवेटेड जा रहा है और वो आप उधर देखेंगे तो वो रेलवे लाइन है ये देख सकते हैं ये रेलवे लाइन है हिंडन का और ये शमशान घाट है ये ये शमशान घाट है देख सकते हैं और यहाँ पर ये बनाया जा रहा है फ्लाई जो ब्रिज बनाया जा रहा है देख सकते हैं और ये देखिए गायों को कितनी गर्मी लग रही है कि ये पानी में खड़ी हुई हैं इतनी ज़्यादा अभी गर्मी पड़ रही है तो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बनाया जा रहा है पहले इनके प्लर बनाए गए फिर इस गाटर लॉन्चिंग करती गई और अब इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें गाय से तो फ्लोरिंग का ही काम चल रहा है ठीक है इस तरीके से ये लगाई जाती है ये देखो ये थेटरिंग लगी हुई है पूरे में इस तरीके से तो मिस्त्री काम कर रहे हैं ये देख सकते हैं तस्वीरें और मैं अभी आगे चल के दिखाता हूँ आपको कि पानी का कटाव कितना है और इसमें मछली भी, भी है मछलियाँ भी हैं गई ठीक है तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं आपको दिखाते कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है वो सब कुछ मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ गई तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस पर यह कि देखो ये फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है ये देख सकते हैं तस्वीरें क्योंकि इसके नीचे जाना सही नहीं है क्योंकि तस्वीरें दिखाते हैं आपको तो पूरी ठीक है भाई तो देख सकते हैं क्या पानी का बहाव यहाँ कितना तेज़ है क्योंकि बस इन्होंने ये रोक दिया गया है ये देखो इसे बोलते हैं हिंडन रिवर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें और पानी का बहाव देख सकते हैं कि कितना तेज़ है यहाँ पे ये देख सकते हैं तस्वीरें देखो कितना तेज़ है पानी का बहाव और यहाँ पर ये यह फ्लोरिंग इस पर तो फ्लोरिंग कर दिया गया है भाई इधर फ्लोरिंग कर दिया गया है इधर बाकी बचा है तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीर के किस तरीके से ये ब्रिज बनाया जा रहा है इस हिमन हिंडन रिवर पर क्योंकि अभी ये जो बनाया गया था नया ये वाला बनाया गया तो इस पर ही सारा बोझ है क्योंकि सारे वाहन इस पर ही निकलते हैं अभी तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जाम भी रहता है हैगा इस जाम रहने की वजह से ही क्योंकि पहले ये पुराना था और पुराना ये क्रैक हो गया तो इस वजह से ये नया बनाया जा रहा है अब तस्वीरें आप लोग देख सकते इसके नीचे चल के देखते हैं कहीं कुछ ग्रह गृह नादे हैं ये ऊपर देख सकते हैं ये सेटिंग लगाई जा रही है और इस पर आप फ्लोरिंग का काम किया जाना फ्लोरिंग हो जाएगी तो देख सकते हैं ये सारे ये सेटिंग का ही सामान ही है ये लोहा इतना जो लोहा आप लोगों को चमक रहा है वो सेटिंग का ही है गई तो ये बनके कंप्लीट हो जाएगा जल्दी ठीक है और फिर इसमें जो हम जैसे गाजियाबाद से और दहली की साइड में जा रहे हैं ना तो वो इसके लिए बनाया जा रहा है कि वहाँ पर आपको मैंने अभी दिखाया था कि वहाँ पर ये लगा रखा है ब्रेक ब्रेकर तो कुछ इस तरीके से ये बनाया जा रहा है यहाँ का ब्रिज हिंडर रिवर का और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो के संत के चैनल पर ऐसे ही ब्लॉग्स मैं लाता रहता हूँ आप लोगों को इंटरटेन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रह, देता रहता हूँ गाइस तो ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए के को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही ब्लॉग्स में लाता रहता हूं और तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें क्योंकि मैं सोच रहा हूं इस पर चढ़ के दिखाऊँ एक बार आप लोगों को कोशिश मैं करूँगा तो चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इस पर कितना टाइम लगेगा बनने में भी ठीक है गाई अभी पूछते हैं मिस्त्रियों से इतना बनने में कितना टाइम लग जाएगा अभी तो दो दो दो दो दो। तुम यार दिन रात काम करते तो मैं यही नहीं बताए हैं था तो अच्छा तभी तो मतलब कि चार पाँच महीने लग जाएंगे तो इतना तो लग जाएगा यार हैं अच्छा तो आप लोग का यहीं आस पास भी रहते हो क्या अच्छा तो यहाँ तुम्हारी परमानेंट ड्यूटी है चलो बढ़िया है तो अभी इसमें करीब अभी तीन चार महीने का टाइम इसमें लग जाएगा भाई गाइड इसको कंप्लीट होने में देख सकते हैं इधर सब कुछ अब वो शमशान घाट है उधर का तो चलिए मैं उधर का भी दिखा देता हूँ आपको पहले मैंने इधर का ही दिखाया था एक बार इधर का भी आपको क्लियर कर देता हूँ तभी आपको बता देखो ये कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल ये देख सकते हैं इधर भी ये देखो ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया इधर का बस एक ही ये पोज्चन बचाए देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा है ये तो ये दोनों फ्लोरों की इनमें मतलब कि फ्लोरिंग हो चुका है अब इनकी ये साइड वॉल का काम का चल रहा है देख सकते हैं ये साइड वॉलों पे इसमें भी कंक्रीट भरा जाना है ये देखिए देखो उस पर वो लग गई है सेटरिंग उसे भरने के लिए इसकी साइड वॉल को और इसकी साइड बॉल भरने के बाद में फिर इस पर कंक्रीट किया जाएगा गाई कंक्रीट की मदद से ये भर दिया जाएगा तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें नज़ारे देख सकते हैं ये हैं तो चलिए और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए के पी को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा गाय ऐसे ही ब्लॉग्स में आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ गई तो चलो आप ऊपर चलते हैं और ऊपर एक बार और दिखा देते हैं थोड़ा सा आपको दोस्तों आपको बता दूँ देखो ये बाहर बार का ये ढांचा है ना ये गोल गोल इसको ये बिठाया जाता है नीचे और फिर उसके बाद में ये बिल्कुल मजबूत हो जाता है फिर उसके बाद में अंदर ये प्लर बनाया जाता है ठीक है ऐसे ही बन रहे हैं सारे के सारे देख सकते हैं वो और ये चला जाता है वैशाली पछुंद्रा के लिए ये वाला फ्लाईवर ठीक है और ये सीधा चला जाएगा मोहन नगर के लिए ये तो अभी थोड़ा सा सिंगल है इस वजह से ये बनाया जा रहा है क्योंकि इस पर काफ़ी टाइम लग गया बहुत सारा टाइम लग चुका है इस पर तो यह नज़ारे है हैं भाई देख सकते हैं और लोहा कितना मजबूत होता है देखो ये डाले जाते हैं ये वाले ये देखो ये सब ज़्यादा मजबूत होता है ये साहब अब देखो ये कैसा लफड़ा है ये देखो और ये नीलाफ सकता ये बिल्कुल ठोता है एकदम ये देखो अब इस पर ये साइड बॉल का काम किया जाना है इधर ये कंप्लीट होगा अभी क्योंकि अभी इधर बनना बाकी है ये ये वाला पोचन बनेगा देखिए वो, मैंने बना दिया गया उस पर रखा जाएगा फिर इस पर बॉल बनाया जाएगा तो हम चलते हैं इसके ऊपर और फिर आपको दिखाते हैं कि कितना कुछ काम हो चुका है तो चलिए ऊपर चलते हैं और चढ़ते हैं इस पर उन चढ़ते हैं फैर रखे फिर आपको दिखाते हैं तो ये है पूरा नज़ारा इस तरीके से ये बनाए जा रहा है इधर ये वाहन चल रहे हैं देखो ये चल रहे हैं अभी ये सिंगल ही रूट है अब ये डबल रूट हो जाएगा देखो यहाँ पर ये डिवाइडर कर रखा है ना यहाँ पर इधर मुड़ जाते हैं जब सीधे आएंगे तो क्लियर हो जाएगा ये एकदम से तो ये है नज़ारा देख सकते हैं तो इस तीन की फ्लोरिंग कर दी गई है एक दो और तीसरा वो लास्ट में है अब बीच के दो बचे हैं तो उन पर भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे ही ब्लॉग्स देख रहे देखते रहो के पी के चैनल पर गाइस लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हैं इस पर अभी साइड बॉल की इस पर कंक्रीट भी कंक्रीट की मदद मतलब से ये भरे जाएंगे साइड बॉल देख सकते हैं फिर इस पर ब्लैक टॉप होगा ब्लैक टॉप हो जाने के बाद में ये चालू हो जाएगा क्योंकि ये पुरानी जगह पर ही बना है ठीक है इसके ये देखिए ये ढांचा है लोहे का ये लाया जाता है